नमस्कार स्वागत अभिनंदन दिनांक 6 नवंबर के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में दर्शकों प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देशी ग्रामे ग्रह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्म जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्यक्षायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्व नाम राशि न ना चिंतित तो जी हाँ आप अपनी जन्म राशि से ये राशिफल देखिए नाम राशि से मत देखिए दर्शकों यदि आपको भी आपकी जन्म राशि नहीं पता है तो फटाफट कमेंट करिए डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस ये तीन चीजें दर्शकों यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं इसका प्रति आपको दूंगा कि आपकी चंद्र राशि कौन कौन सी है आज का पंचांग क्या कहता है आज के पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बना होता है पंचांग के ये पांच अंग कौन कौन से हैं तो तिथि वार नक्षत्र योग करण बुधवार दिन रहेगा विक्रम संबत् दो हजार छिहत्तर तक कार्तिक मास चल रहा है शुक्ल पक्ष है और शुक्ल पक्ष की दर्शकों जो तिथि रहेगी ये आज रहेगी सुबह सात बजकर इक्कीस मिनट तक तो नौवीं तिथि रहेगी तदुपरांत दसवीं तिथि लग जाएगी दसवीं तिथि के बारे में हमने बताया था दर्शकों आप लोगों को कि कलम्बी का सेवन नहीं करना चाहिए परवर का सेवन नहीं करना चाहिए तो आज इन सब्जियों से आप लोग दूर रहिएगा दूसरा दर्शक को बताना चाहेंगे जो सनराइज होगा छः बजकर तेईस मिनट पर हो जो होगा और सनसेट होगा ये पाँच बजकर सत्रह मिनट पर होगा नक्षत्र रहेगा सतभिशा राहु का नक्षत्र आज रहेगा करण रहेगा कौलव इसके उपरांत तैतिल और अंतिम करण जो रहेगा ये गर करण रहेगा इसके साथ साथ दर्शकों जो आज योग रहेगा, योग रहेगा तक के इसके योग रहेगा ये वृद्धि दिशा की ओर तो यात्राएं करने से आज बचिएगा एवॉड करिएगा लेकिन यदि करनी पड़ जाए तब आप क्या करिएगा तो सर्वप्रथम तो आपको यात्रा करने से पहले तिल का सेवन करना होगा इलायची खानी होगी पिस्ता खाना होगा ये खा करके आप यात्रा कर सकते हैं लेकिन पहले आप दक्षिण दिशा की ओर चार पग चलिएगा फिर आपको उत्तर दिशा की ओर चलना रहेगा देखिए दर्शकों इतनी ज्ञान की जानकारी आपको दे रहे हैं तो एक लाइक तो हमारे जो है राशिफल के लिए बनता ही है तो फटाफट फटा आप हमारे इस राशिफल को लाइक कीजिए और दर्शकों नए हैं तो सब्सक्राइब बगल में बना बेलाइकन और शेयर का जो बटन है तो सुबह सुबह देखिए आप लोग सबको राशिफल बताइए बहुत ही धर्म का काम होता है और पंचांग के बारे में भी देखिए भगवान राम जी इसका श्रवण करते थे बड़ा लाभ इसका होता है तो आपके द्वारा कुछ लोगों का यदि भला हो जाए तो आप भी उसमें पुण्य के भागी होंगे तो इस राशिफल को फटाफट अपने व्हाट्सएप के सारे कॉन्टेक्ट में आप लोग शेयर करिए दर्शकों चंद्रदेव जो आज चलायमान रहेंगे या कुंभ राशि में चलायमान रहेंगे सूर्यदेव तुला राशि में नीच राशि में है देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो चुका है तो काफ़ी जो है इससे रिलेटेड हमने वीडियो बनाया है हर एक राशिफल का इंडिविजुअल वीडियो दर्शकों इसका हमने बनाया है आप लोग हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं दर्शकों राहुकाल की ओर चलते हैं राहुकाल देखिए अशुभ समय होता है एक ऐसा काल एक ऐसा समय एक ऐसी वेला कि आप लोग ये जो डेढ़ घंटा है एक दिन में प्रतिदिन राहु काल आता है इसमें आप लोगों को, को अपने आप को बचाना रहता है तो बुधवार का जो राहु काल रहता है ये सुबह ग्यारह बजकर पचास मिनट से लेकर के एक बजकर ग्यारह मिनट तक का रहेगा तो इसमें थोड़ा सा सावधानी रखिएगा शुभ कार्यों को अब आप कब करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि आज विजय मुहूर्त में कीजिएगा तो पहले मिनट से लेकर के दो मिनट तक का जो समय रहेगा ये विजय महूर्त का रहेगा इसमें आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं तो दर्शकों देखिए ये तो था हमारा पंचांग अब बढ़ते हैं हम अपने राशिफल की ओर लेकिन दर्शकों फटाफट जो भी दर्शक दिल्ली में मिलने वाले हैं मुंबई में मिलने वाले हैं तो आप लोग हमसे मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं तो मेष राशि की ओर बढ़ते हैं क्योंकि तो राशिफल की पहली राशि ही यही आती है तो मेष राशि के जातकों आज का दिन कैसा रहेगा लेकिन दर्शकों कार्तिक मास के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कार्तिक मास में जो है यदि आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो श्रीमद भागवत पुराण में भी पद्म पुराण में भी तमाम ऐसे उल्लेख आते हैं कि कार्तिक मास में केवल यदि आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए गाय की सेवा कर लीजिए एक दीपक तक जला करके प्रतिदिन जो है रखिए तुलसी जी के समक्ष एक दीपक तक जला दीजिए तो यकीन मानिए दर्शकों कि भगवान विष्णु की कृपा पाने से कोई रोक ही नहीं सकता है तो मेष राशि के जात आज आपका सकारात्मक रवैया लोगों को पसंद आएगा कानूनी मामलों में आज आपको सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है आज, आज आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे सामाजिक क्षेत्र में आज आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है किसी व्यक्ति विशेष की मदद से आज, आज आपको धन लाभ होता हुआ दिख रहा है आज, आज आपके कुछ नए दोस्त बनेंगे आज तमाम लाभ के अवसर तो प्राप्त होंगे स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा अनाथालय में बच्चों को आपको जो है कुछ मीठा देना है जो बच्चे अनाथ हैं जिनका कोई नहीं है उनको आप सहारा दीजिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा आज के लिए लाइट ग्रीन कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो वृषभ राशि क्या कुछ कहता है आज का दिन तो आज आपका रुझान अध्यात्म की तरफ अधिक रहेगा किसी खास काम में आज आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा दोस्तों की मदद से आज, आज आप करियर में आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं लेन देन के मामले में आज जानकार लोगों से आपको सलाह लेनी पड़ेगी जिससे आज, आज आपको काफ़ी मदद मिलेगा आज आप नए कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे और बहुत हद तक कि इसमें सफल होते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं परिवार का सुख प्राप्त होगा जीवन साथी के साथ संबंध आपको मधुर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज जो स्टूडेंट्स वर्ग हैं इनको खास करके कैरियर में सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कबूतरों को आपको बाजरा डालना रहेगा और बुद्ध कवच का पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन मिथुन राशि क्या कुछ कहता है आज का दिन तो आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अधिक रहेगा कारोबार में आज आपको उम्मीद से अधिक फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपका दिन बेहतर रहेगा आज आपको कोई नया अनुभव मिल सकता है आज आप किसी नई जगह की यात्रा कर सकते हैं आप अपना सामाजिक दायरा बढ़ाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे मिथुन राशि के जातक को यदि आप स्टूडेंट हैं एग्जाम देने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि धनिये का सेवन करके तब निकलिएगा और कुछ धनिया अपने जेब में रखिएगा और अपने टीचर्स का आशीर्वाद लीजिएगा आज के दिन ओम गंगा गणपत नमह का 108 सौ आठ बार जब आपके लिए सभी क्षेत्रों में सफलता के मार्ग प्रशस्त करता हुआ दिखाई पड़ रहा है शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आसमानी कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः वहीं कर्क राशि कैंसर क्या कुछ कहता है आज का दिन तो आज का दिन आपका मिला जुला रहेगा किसी काम में मेहनत करने से आज, आज आपको सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ेगी आज आपके ऊपर कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती है किसी काम में भाग करने से आज आपको थोड़ी थकान महसूस रहेगी साथ काम करने वाले व्यक्ति के मन में आज आपको लेकर के कोई गलत होती हुई दिखाई पड़ेगी आज आपको नेगेटिविटी से बचने की कोशिश करनी होगी आज आपकी सभी समस्याओं का अंत हो तो इसके लिए आज कोशिश कीजिएगा गणपतिथर् शीर्ष का पाठ करिए और भगवान गणेश को आज, आज आप लोग 11 इलायची जरूर चढ़ाइए यकीन मानिए दिन बेहतर बना देंगे भगवान गणपति बप्पा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार वही सिंह राशि के जात आज आपका दिन सामान्य रहेगा आज आपको बिजनेस में कुछ बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं और धन के मामलों में आज का दिन काफ़ी श्रेष्ठ रहने वाला है कई दिनों से परिवार में चली आ रही आर्थिक परेशानियां आज आपकी सॉल्व होती हुई दिखाई पड़ रही है आज आपको किसी मित्र से आपके दोस्त से मदद मिलती हुई दिखाई पड़ रही है कोई नए प्रेम संबंध आज स्थापित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने की आदत आपको छोड़नी होगी इसी में आज आपकी भलाई रहेगी आज कोशिश कीजिएगा गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करिएगा जिससे आपकी सभी परेशानी दूर होगी और चंदन का तिलक मस्तक पर लगा करके घर से निकलिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड और शुभ अंक रहेगा पाँच वहीं कन्या राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए एवरेज रहेगा मध्यम रहेगा कुछ लोगों की उदारता से आज आपके काम पूरे होंगे करियर में सफलता के लिए आज आपके दिमाग में कोई ना कोई नया विचार कोई ना कोई नई प्लानिंग आएगी रिश्तों के लिहाज से आज आपका दिन कई मामलों में खास रहेगा आज आपको हर बात की गहराई में जाने की इच्छा होगी व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी आज आपके सभी कामों में सफलता मिलेगी लेकिन चार बजे के बाद उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ करिए और भगवान गणपति देव को आज दूरवा दूब एक प्रकार की घास होती है 11 दूरवा लीजिए ओम दंग गणपत नमः मंत्र से चढ़ाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज हरा रंग और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक तुला राशि लिब्रा जी हाँ दर्शकों लेकिन दर्शकों देखिए फटाफट आप लोग लाइक कीजिए नए हैं तो वही बार बार कह रहे हैं सब्सक्राइब और बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए वार्षिक राशिफल 2020 सभी राशियों को हमारे चैनल पर पढ़ चुका है अंत ज्योतिष के अनुसार से भी मूलांक के अनुसार सारे राशिफल एक से नौ तक के पढ़ चुके हैं चैनल पर इसके अलावा दर्शकों मंथली राशिफल भी पड़ चुका है इस चैनल पर और आप लोगों के लिए ज्योतिष से संबंधित जो भी ज्ञानवर्धक चीज़ें होती है इस चैनल पर मिलती रहती है तो फटाफट लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए बकल में बना बेल आइकन दबाइए सारी नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के आप तक पहुंचती रहेगी तो तुला राशि के जात को आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा किसी काम में आज आपको ज्यादा समय करने में लग सकता है कोई कठिन काम आज आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है जीवन साथी के साथ कुछ मामलों में कुछ बातों को लेकर के आज गलतफहमी होती हुई दिखाई पड़ रही है कुल मिलाकर के सेहत के मामले में आज का दिन ठीक रहेगा समय पर खाने पीने से आगे भी आज आपकी सेहत ठीक रहेगी जीवन साथी के साथ इससे मजबूत करिए कोई नए प्रेम संबंध की एंट्री लव रिलेशन की एंट्री आपके जीवन में होगी उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि गणेश जी को एक मीठा पान आप लोग अर्पित करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा यह रहेगा व्हाइट और शुभ अंक रहेगा सात स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि बुधवार का दिन आपके लिए कैसा रहेगा तो आज किसी किसी नई योजना को लागू करने से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है जरूरी काम में जीवन साथी का सहयोग प्राप्त हो सकता है मित्रों की सलाह आज लाभपूर्ण हो सकती है किसी मित्र से आज आपको कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी परिवार में शुभ और मांगलिक कार्यो की रूपरेखा आउटलाइन बनती हुई दिखाई पड़ रही है मित्रों के साथ संबंध बेहतर रहेंगे वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि गणेश गणेश जी के मंदिर में जाना है आपको और दुर्वा चढ़ानी रहेगी तथा फल का दान करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ सर्जिटेजियस धनुराशि तो धनुराशि के जातकों आज कारोबार में अचानक फायदा होने योग फल, के योग बन रहे हैं आज का राशिफल धनुराशि के जातकों को बताता है कि सहकर्मी आज, आज आपकी मदद को तैयार रहेंगे आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और भी ज़्यादा मजबूत होगा अधिकारियों से किसी खास काम के बारे में बातचीत होगी आज आप अपनी काबिलियत को रचनात्मक तरीके से प्रदर्शित करेंगे दोस्तों से होने वाली कुछ ज़रूरी मुलाकातें आज आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी आज कारोबार में आपकी वृद्धि होने के संकेत सितारे बता रहे हैं इसके साथ साथ आज आज आपको भी होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि गाय को रोटी में धनिया रख करके आप लोग खिलाइए शुभ खिलाइएगा रहेगा। ये रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ मकर राशि फल क्या कुछ कहता है आज का दिन कैप्रिकॉन तो मकर राशि के जातकों देखिए दिन आज आपका सामान्य रहेगा आज आपके कुछ कामों में रुकावट आएगी जिससे आप थोड़े परेशान होंगे खर्च आज आपके बढ़ेंगे इसके साथ साथ आज आपको पेशेंस से जो है काम जो है करने की सितारे सलाह दे रहे हैं घर परिवार में किसी बात को लेकर के टूती महमे हो सकती है पड़ोसियों से आज आपका झगड़ा हो सकता है दफ्तर में अधिकारी वर्ग काम को लेकर के थोड़ा आज आपके ऊपर प्रेशर दबाव बना सकते हैं आज आपको जल्दबाजी करने से बचना चाहिए आपका उदार स्वभाव लोगों को आज काफी प्रभावित करेगा आज आपके सामने काम को बनेंगे सेहत का ध्यान रखिएगा और माता पिता का आज, आज आप लोग कोशिश कीजिए कि चरण स्पर्श करिए या साष्टांग दंडवत प्रणाम करिए और गणेश जी के मंदिर में जा करके आज आपको गणपति एथर का पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार जो है कुंभ राशि तो कुंभ राशि के जातकों आज आपका दिन अनुकूल रहेगा आपको किसी काम से अचानक धन लाभ होगा खास करके जो स्टूडेंट हैं इनको इनकी मेहनत का आज पूरा परिणाम हासिल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी हुई कोई गुड न्यूज़ आज आपका दिन शुभ बना सकती है आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा आपकी लाइफ में कुछ सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज जीवन में आपके उत्साह रहेगा उमंग रहेगा वाहन चलाइएगा, उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा गणेश चालीसा का पाठ करिए और गायत्री मंत्र की 108 बार आपको जाप करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ अंतिम राशि पर चलते हैं अंतिम राशि जो है हमारी आती है पाइसेस मीन राशि तो मीन राशि के राश को आज का राशिफल बताता है कि परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे खास करके विद्यार्थियों को आज उनके जो है मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा घर में खुशी का वातावरण रहेगा आज आप जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं आपको दैनिक कार्यो में सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है आज आपके पारिवारिक रिश्ते काफी मजबूत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कार्य स्थल पर आज उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है ज़रूरतमंदों को भोजन कराइए जो अपंग लोग हैं उनको कुछ मीठा दीजिए खाने को और विष्णु सहस नाम का आज आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो तो दर्शकों ये तो था हमारा मेष से लेकर के मेन राशि का राशिफल जो भी दर्शक दिल्ली में मिलना चाहते हैं मुंबई में मिलना चाहते हैं आप लोग हमसे मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं आ, हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए जाते जाते दीजिए इजाजत तब तक के लिए नमस्कार आपका दिन शुभ हो